नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है है। प्रशांत आप सबका में स्वागत है। वीडियो, वीडियो कैसे करें या कौन से ऐप से करें जो बेस्ट ऐप है मोबाइल मोबाइल फोन के लिए वो है मास्टर वीडियो एडिटर वो आपको प्ले स्टोर पे फ्री यूज करने के लिए मिल जाएगा प्ले स्टोर पर जाकर काइंगास्टर सब सर्च करो पहले से डाउनलोड किया हुआ लोगों ने 100 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है ये रिलीज हुआ था 26 दिसंबर 2013 में अभी जो अपडेट आया हुआ है 13 जनवरी बग फिक्स एंड परफॉर्मेंस एंडमेंट इस सब अपडेट आया हुआ है उसका तो मैं आपको एक वीडियो एडिट करके बता एक वेडिंग का वीडियो आपको एडिट करके बताता हूं सबसे पहले एक वीडियो लीजिएगा उसके ऊपर आप कुछ लिखने वाले है या कुछ एडिट करने वाले हैं उसके लिए एक बैकग्राउंड होना जरूर यह वेडिंग का एक वीडियो है इसके ऊपर हम कुछ टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टॉप। लेयर में जाके मीडिया में जाके आपको वीडियो के ऊपर लेना हो तो लेयर में जाके मीडिया में जाके इसके ऊपर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम में स्लाइड स्लाइड स्लाइड स्लाइड उन कौन सा भी आप देना चाहो दे सकते तो मैं ये देना चाहूंगा और आउट एनिमेशन के लिए कौन सा भी दे सकते सेकंड जो है हम सभी दे सकते हैं आप इसके लिए ये ठीक है वाइड लेफ्ट ठीक है इसके बाजू में जो एक फोटो ऐड करेंगे से लेफ्ट से लेते हैं एनिमेशन के लिए डाउन से ऐसे कट करिए फोटो काम नेक्स्ट जो है हम आउट के लिए हम साइड राइट ठीक है सेकेंड जो लेयर को वैसा किया था वैसे ही करेंगे कौन सा भी आप एनिमेशन दे सकते हैं इसके लिए जो टेक्स्ट टेक्सपिक्स से आप पिक्सार से एडिट कर सकते हैं, ठीक है अब मिडल में हम नहीं रखेंगे इसे थोड़ा क्रॉप करते ठीक इसे एक मिनट ये ठीक है आउट एनिमेशन के लिए आप इसे रख सकते इसे इतना ही लेंगे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आप वहां से सब पी एनजी टेक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए हम वाइट राइट में से एडिट करेंगे इसके डुप्लीकेट कॉपी लीजिएगा और यहाँ से घूमा ऐसे वाइट राइट विवाह स्थल ऐड करेंगे कोई भी आप एनिमेशन दे सकते हैं इसके लिए इसके बाद निमंत्रण लेंगे एक मिनट विवाह मूर्त रहेंगे और डाउन ठीक है पर रखिए, इतना ही रखिएगा इसे आगे लीजिएगा पूरा वीडियो हम प्ले करके बताओ ठीक पूरा वीडियो हम टेस्ट टैटिंग से पूरा वीडियो प्ले करके बता दो आपको इसमें आप कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हैं अब हम निमंत्रण एक सॉन्ग ऐड करेंगे हम इसके ऊपर बोला ये ते न बोलता आता तुझा सब तुझा बेमा हसा से आता ये वीडियो एडिट हो चुका है हम लोग का पूरा